आ, मुझे लगता है प्रेरणा मेरी बहन जो है आई थिंक मेरी बहन ने आ, मैं तो अंदर था बट इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया बाहर से इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने भी आप लोगों ने भी एंड <laughs> उसने भी बहुत सपोर्ट किया उसने किया एक एक पल एक एक मेरा लाइक like बढ़ते हुए देखा है एक एक मेरा व्यू बढ़ते हुए देखा है जो मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं अंदर था मेरे को बाहर आते हुए सीधा यहाँ से ये देखा और ये पूरा जो ग्राफ था यहाँ इसने देखा है इन सब ने देखा है तो वो चीज़ इन्होंने एक्सपीरियंस की है और मैं Uh, बहुत, बहुत, बहुत, बहुत बहुत शुक्र गुजारो सुबह दस बजे, करो, दिन में बजे करो. उसके पीछे से वो पाँच मिनट के अंदर रिपोर्ट हो जाती थी डेडिकेशन जो आई गेस एक बहनी कर सकती है की मेरी